हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू रेगुलर गुजराती चेस जोन आज हम एक नई ओपनिंग के साथ शुरुआत करेंगे ओपनिंग का नाम है फ्रेंच डिफेंस वर्ल्ड फेमस ओपनिंग है आप सभी लोगों को पता है फ्रेंच डिफेंस के बारे में लेकिन हाउ टू प्ले अगेंस्ट फ्रेंच डिफेंस अभी तक मेरे जितने भी वीडियोस हैं हाउ टू प्ले अगेंस्ट मतलब फेमस ओपनिंग के सामने कैसे खेला जाए उसके बारे में ही मैं आपको बता रहा हूँ हाउ टू प्ले फ्रेंच डिफेंस उसके बारे में हम बाद में देखेंगे तो फ्रेंच डिफेंस के सामने व्हाइट कैसे खेला जाए इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा मूव मूव बाय हर एक वेरिएशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंच डिफेंस उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ्रेंच डिफेंस शुरू होता है, E6 से, वाइट जब E4 खेलता है ब्लैक ई सिक्स खेलता है तो ये हो गई फ्रेंच डिफेंस की फर्स्ट मु और ब्लैक खेलता है डी फाइव ये है सेकंड मूव ऑफ फ्रेंच डिफेंस मेन मोर्स यहां से शुरू होते हैं टोटल फोर वेरिएशन पहला जो वेरिएशन है वो है एडवांस वेरिएशन जिसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। एडवांस खेल के हम कैसे ब्लैक को हराते हैं बिना वर्ग के बारे में मैं बाद में बताऊंगा जो दूसरा नाम है नाइट सी सेंटर पॉन को नाइट से प्रोटेक्ट करने का जो मूव है उसे कहते हैं विनेवर वेरिएशन नाइट बी डी टू डी टू से नाइट डेवलप करते हैं और ई फोर को सपोर्ट करते हैं, इसे कहते हैं टारस वेरिएशन और पॉन टेक्सपोन एक्सचेंज वेरिएशन तो चलिए आज हम देखते हैं एडवांस वेरिएशन अगेंस्ट फ्रेंच डिफेंस जिसका ओपनिंग का नाम है द मिलनर बैरिक एम्बेट मिलनर बैरिगैम डी फाइव देन ई फाइव एडवांस कर देते हैं हम यहां पे ब्लैक प्रॉपर प्लेयर है फ्रेंच डिफेंस का तो वो तुरंत ब्रेक करने के लिए सी फाइव खेलेगा यहां पे एक मु यहां आपको एक मूव जो है वो सेंटर को सपोर्ट करने के लिए सी खेलना है ब्लैक प्रेशर बनाएगा नाइट सी सिक्स से डी फोर पॉन के ऊपर यहां आपको नाइट से सपोर्ट देना है नाइट एफ अब एडवांस वेरिएशन में मेन मूव है क्वीन बी सिक्स जो कंटिन्यूस बुक लाइन है क्वीन बी सिक्स के बाद आपको खेलना है बिशअ डी अब यहां ऑलरेडी ये पॉन के ऊपर पॉन नाइट और क्वीन तीन अटैक आ चुके हैं हमारे जो तो तीन सपोर्ट थे थ्री पॉन एफ पे नाइट और क्वीन तो हमने एक सपोर्ट कम कर दिया जानबूझ के इसे एक ट्रैप भी बोल सकते हैं आप विश डी के बाद सी टेक्स डी थ्री सी टेक्स डी यहां पे ब्लैक अगर नाइट टेक्स पॉन लेता है तो वो ट्रैप में फंस गया है क्योंकि डिस्कवर थ्रेट आफ्टर नाइट टेक्स नाइट टेक्स नाइट और भी भी चैक से आपको ब्लैक की क्वीन मिल रही है तो ये एक ट्रैप है तो ट्रैप के बारे में सबको पता है फ्रेंच डिफेंस प्लेयर जो भी है उन्हें ट्रैप के बारे में पता होता है तो फंसते नहीं है लेकिन कई बार हो सकता है कोई नया नया फ्रेंच प्लेयर है तो उसे पता नहीं है तो फंस भी जाता है लेकिन हम उसे फंसाने की कोशिश बाद में करेंगे क्योंकि लोग जानते ही है कि फ्रेंच डिफेंस में ये एक ट्रैप है आफ्टर सी फाइव सी थ्री नाइट सी सिक्स नाइट एप हम लोग मेन मूव के ऊपर ही कंसंट्रेशन कर रहे हैं क्यूबी और बिशअ डी ब्लैक प्लेयर यहाँ पे पॉन्टेक्स फोन पॉन्टेक्स फोन करने के बाद उसकी मेन मूव जो है बिशअप डी सेवन ये ब्लैक करता है अब ब्लैक आपका फोन ले सकता है क्योंकि डिश कवर में हम उसे चेक नहीं दे सकते ऑलरेडी बिशअ डी सेवन पर डेवलप हो चुका है यहां पे आपको सैक्रिफाइस करना है सेंटर फोन और आपको करना है कैसलिन तो ये है मिलर बेरी गैम्बिट की मेन मूव दोस्तों तो यहाँ पे हम कुछ गेम्स देखेंगे ये स्ट्रक्चर के बाद में बी डी सेवन कैसल नाइट टेक्स डी फोर आफ्टर नाइट टेक्स डी फोर क्वीन टेक्स डी फोर और फिर एक और पॉन सेक्रीफाइस नाइट सी थ्री सेक्रीफाइस अनदर पॉन ट्रू गैम्बिट स्टाइल यहां पे व्हाइट ट्रू गैम्बिट स्टाइल से खेल रहा है क्योंकि अब आप देख सकते हो कि मोरा गैम्बिट के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं अगेंस्ट सिसिलियन जिसमें हम सेक्रीफाइस सेंटर का पॉन करके अटैक लेते हैं डेवलप करते हैं इसी तरह आपको फ्रेंच डिफेंस में भी डेवलप करके अटैक लेना है तो यहाँ हम दो पॉन सेक्रीफाइस कर रहे हैं और इससे पहले हमने डैनिश ग्बिट में भी आपको बताया था दो पॉन सेक्रीफाइस की गेम्स वो सिर्फ सेक्रीफाइस पॉन सेक्रीफाइस शुरुआत में करने का मीनिंग है जल्दी अटैक करना जल्दी अटैक के लिए हम खेल रहे हैं क्योंकि हम व्हाइट पीसी से खेल रहे हैं यहां पे ब्लैक आपका पॉन क्विंटे फाइव करता है तो रुक ई वन अब देखो वन साइड अटैक शुरू हो जाता है मिलर बेरी गैम्बिट में यहां से दो वेरिएशन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा एक वेरियशन कौन सा है वरना क्वीन, क्वीन चलने के बाद ऑलरेडी e6 पिन हो जाता है रूप से और आप ये पोन ले सकते हो लेकिन ब्लैक उसे बचाने के लिए क्वीन d6 कर सकता है और दूसरा एक सेक्रीफाइस करने के बाद क्वीन बी एट भी जा सकता है तो दो वेरिएशन है यहां पे सबसे पहले क्वीन डी सिक्स के बारे में देखेंगे अगर क्वीन डी सिक्स जाता है तो यहां पे आपको खेलना है नाइट बी फाइव वन मोर टाइम अटैक ऑन द क्वीन द मेन लाइन यहां पे विशेप टिक्स बी फाइव अगर ब्लैक नाइट कैप्चर करता है तो भी आपको फायदा ही फायदा है बिशअप टेक्स बी फाइव चेक चेक के साथ अटैक हो रहा है किंग डी एट एक ही अच्छा मूव है उसके बाद बिशफ ई थ्री अब देखिए यहां पे ए सिक्स तो जरूर ही करेगा क्योंकि आपका बिशअप जो है ई एट पर कंट्रोल करके बैठा है ए सिक्स इससे बेटर मूव है कंप्यूटर बता रहा है कि नाइट एफ वाज़ बेटर पर ए सिक्स करने में एक एरर हो गई है यहां पे क्वीन ए क्वीन अटैक के साथ में डेवलप हो रहा है अब ये पॉन टेक्स बिशअप पॉसिबल नहीं है तो क्वीन ए के बाद रुक सी एट अब ब्लैक ने भी थ्रेड दे, दे दी कि वो आपका बिशअप मार सकता है आर ए सी वन ओपन फाइल आपके कंट्रोल में लेना है अगर रूक टेक्स सी वन कैप्चर करता है तो दूसरा रूक सी वन पे आ जाता है उसके बाद ए टेक्स बी फाइव क्वीन ए ए चैक अब देखिए किंग डी सेवन क्योंकि किंग ई सेवन नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ बिशअप सी फाइव पिनिंग द क्वीन तो किंग डी सेवन के बाद में क्वीन इनटू बी सेवन अब किंग ई एट या डी एट डी एट जाता है तो रुक रुक्स एट चैकमेट और ई एट जाता है तो रुक्स एट क्वीन सी एट फ्टर क्वीन टेक्स स्पॉन चेक किंग d7 और पिशअप चैक और सारी गेम आपके हाथ में आगे आप पूरी अच्छे से खेल सकते हो आराम से विनिंग कर सकते हो क्योंकि आपके पास क्वीन प्लस है आपको क्वीन मिल रही है दूसरी एक गेम है जो हम क्विन बी के बाद में देखते हैं दोस्तों क्वीन बी मैंने वेरिएशन दो दिखाए थे आपको पहला वेरिएशन हमने क्वींटी सिक्स दे देखा इ सिक्स डी फोर डी फाइव ई ध्यान रखिए ये सारे मूव कॉमन हैं सभी मूव कॉमन हैं और सभी लोगों को फ्रेंच डिफेंस में ये मूव सबको आते हैं बिशअ डी थ्री पॉन टेक्स फोन पोन टेक्स पॉन बिशअप डी सेवन कैसलिंग किंग साइड आफ्टर नाइट डी फोर नाइट टेक्स डी फोर क्वीन टेक्स डी फोर नाइट सी थ्री क्वीन टेक्स ई फाइव रूक ई एट अब देखते हैं क्वीन बी एट अगर चला जाता है तो क्या होता है क्वीन बी एट में आपको सिंपल नाइटेक्स डी फाइव फोन ले लेना है? ब्लैक खेलेगा भी d6 और आपके h7 पे h2 पे अटैक यहां पे आपको एक पॉन सेक्रीफाइस करना है क्वीन g4 करके क्वीन g4 के बाद ये पॉन लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको एक मुंह किंग h1 वन कर दे रहे हैं लेकिन यहां पे किंग अगर खेलता है किंग एफेड जी सेवन पॉन को गार्ड करने के लिए तो यहां पे आपको खेलना है बिशअप डी टू इन तो क्वीन टेक्स डी आपको पीस मिल रहा है और यहां पे जबरदस्त पोजीशन व्हाइट की है और ये गेम टोटली तो व्हाइट के कंट्रोल में तो दोस्तों आपको और भी वीडियोस में दिखाऊंगा और भी मूव बताऊंगा मिनरल बेरी गैम्बिट नाम याद रखना अगेंस्ट फ्रेंच डिफेंस ये फ्रेंच डिफेंस के सामने खेलने वाली सीरीज हम आज से शुरू कर रहे तो मेरे नए वीडियो मिस मत कीजिए और सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जल्द ही मिलेंगे जय हिंद जय गिपनाथ